तो हेलो गाइस गायलकम बैक आई नो द न्यू यूट्यूब वीडियो प्रशांत मोटो प्लस व्लॉग तो आज मैं आया हूँ गाँव में इस वजह से इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी लेकिन आज हाँ सोचा घर पे खाली बैठा था कि चलो वीडियो बना के लाते हैं देखते हैं विलेज पब्लिक रिएक्शन जो भी होता है तो गाइज ये है मेरा गांव। बाप को। मैं भी किसी काम से आया था गांव में इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी लेकिन आज सोचा भीड़ आज फुल्ली धमाल मचाते हुए जाएंगे पब्लिक को देखते हैं क्या रिएक्शन देती है पब्लिक गाँव में भाई मोडिफिकेशन नहीं हो पाई मोडिफिकेशन होती तो और ही मज़े आ जाते धांसू मजे आ जाते एक तो भाई बाइक नहीं है इतनी हैवी जो कि पब्लिक रिएक्शन दे लेकिन फिर भी सोचती है कि क्या सिस्टम है ये <laughs> भाई गांव तो पूरा खाली हो गया वो वाला सीन हो गया जो एक मूवी में हो जाता है शाहरुख खान की मूवी जो है गांव खाली या पूरा गांव खाली हुआ पड़ा पता नहीं कहाँ मर गए सारे के सारे पहले भाई को छोड़ते हैं पानी पे खेत में पानी देगा युग फिर फिर उसके बाद हम चलेंगे स्कूल जहाँ के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं वहाँ की आज वीडियो बना के लाते हैं देखेंगे कैमरा यार पता नहीं कैसा लगा हुआ मैंने चेक ही नहीं करा जो भी हो देखते रहना और लास्ट आज तक वीडियो देखना फुल्ली धमाल मचा देंगे आज रिएक्शन कुछ अलग ही हटके आएंगे आज बाइक भी मेरी खूब मतलब बतेरी ऑफ रोड चल रही है ऑफ भी हो रही है सब कुछ हो रहा है यहाँ पर लो भाई पानी देखो कहाँ चल रहा तो गाइज हमारे बन रहे हैं गांव में ब्लॉग आवाज से यार हो आई हो आपको फुल्ली धमाल मचाते हुए जाएंगे देखेंगे पब्लिक के क्या रिएक्शन रहते हैं और ताई तो गटे आँखों आँखों में ही डरा रही वो हट जाओ पब्लिक रिएक्शन ही जब वो नहीं भाई भाई गोप्रो लेने की ज़्यादा चा है अब गोप्रो लेगा अपना तो गा भीगा है समा अब जाऊँ मैं कहा मेरा दिल ये पुकारे आजा ओ आजा भाई देख साउंड सुनो पहले इसका है तो बढ़िया बबाल चीज वे सिस्टम ला देती है रे बाबा गाइस अब भाई कोई बाई की तगड़ी सी लेनी है लेकिन वो वही है ना हम हैं मिडल क्लास बंदे बस यहां पर रुकते हैं फिर निकलेंगे थोड़ी देर में चलो खेत दिखाता हूँ मैं तुम्हें तो ये सारे खेत ही खेते हैं इधर गेहूं के खेत हैं और ये खड़ी है अपनी धनो जो कि थोड़ी सी गंदी हो चुकी है हालत ख़राब है इसकी बट फिर भी भाई धुआं मतलब बवाल कर रही है ये बेशक कितनी हालत खराब हो लेकिन मज़ा दिलाती है थोड़ी सी मिट्टी विट्टी इसमें हो रही है अंदर की साइड में और ये सामने से लुक इसका बाइक तो यार कैड लगती है बिल्कुल कह नहीं सकते कुछ इसके बारे में दो चार बात चलो टाइम तो हो लिया अब चलेंगे इधर ये सारी फसल हो रही है गाँव का भी लोग किसी दिन ऑफ रोडिंग की वीडियो बोल रहाँगा मैं ऑफ रोडिंग की वीडियो देखना तुम सब लोग तो चलो चलते हैं फिर स्लोली स्लोली अपनी धनों पे और भाई तो टाइम हो चुका है अब इस्कूल की छुट्टी का चलो चलते हैं और देखेंगे पब्लिक रिएक्शन क्या रहते हैं हमारी प्यारी सी धंधो टी वी रेडर पर जो कि अभी आई हुई है गांव में गांव में घूमने आई हुई है ये लॉन्ग राइड करके देखे वीडियो डाल रखी है मैंने यूट्यूब पर अपनी पहली लॉन्ग राइड की जो कि करीबन 300 सौ साढ़े तीन किलोमीटर चलाई है पहली बार मैंने लेकिन मेरी एक दिक्कत हो रहे हैं अगर धूप हो रही हो बढ़िया सी और बाइक में चला रहा हूँ लॉन्ग राइड हो तो मेरे को नींद बहुत जल्दी आने लगती है बाइक में मैं सो जाता हूँ बाइक चलाते चलाते बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें इसमें नहीं मतलब मुझ यही सबसे बड़ी दिक्कत है मुझ में है कि मैं बाइक चला चलाते चलाते सो जाता हूँ जो कि नहीं सोना चाहिए फ्यूचर शायद अब हो चुकी है स्कूल की छुट्टी रोड तो बिल्कुल ही ख़राब रखी है कैप्चर अब रिएक्शन आने चालू हो गए हैं क्योंकि पब्लिक अब रोडों पर आ चुकी है पहले रोडों पर नहीं थी तो इस वजह रिएक्शन नहीं पा रहे थे लेकिन अब पब्लिक रोडों पर आ चुकी है तो चलो इस वीडियो को प्यार देना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक like करो यार सपोर्ट करो भाई को भाई सब लोग छोटे से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते हैं तो सपोर्ट करो हमें भी रिएक्शन तो आने स्टार्ट ही हो गए हैं अब फुल्ली रिएक्शन आएंगे भाई <laughs> रिएक्शन ही देखने हैं भाई भाई बहस भैंस ना बढ़ जाएगा जाऊ मेरे तो ये देखो स्कूल की हो गई छुट्टी अब पब्लिक रिएक्शन देखते हैं कैसे रहेंगे बढ़िया होने चाहिए रिएक्शन तो खतरनाक जानी चाहिए रिएक्शन नहीं आए तो क्या आया फिर ये स्टंट करता हुआ बात <laughs> नहीं तो चाहिए की मेरे को एक बुरी आदत लगती है स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि भू भू भू भू ले जाते जा रहे हैं बाइक भू भू करते हुए दूट तो टाइम कैश द रिएक्शन फोन पता नहीं किसका आ रहा है देखता हूँ यार आ रहा किसी का है। चलते हैं ये देखो देखो दो महान मूर्ति बैठी हुई है रिएक्शन तो बवाल ही है यार सेकंड पार्ट आएगा सपोर्ट करो फुल्ली तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोको ठोको जो भी ठोक ना हो तभी जाके मजे आएंगे तो फिर सेकंड पार्ट भी लाऊंगा भाई और खड़ा है यहाँ आगे बाबू ला सा यूरा एम्बुलेंस में बिठाए तो अब, अब चार चार की राइड बाइक पे बैठो पैट। एक बाइक पे चार लोग कैसे बैठे हैं देख लो मैं दिखाता हूँ कैसे बैठे है भाई स्कूल से तो बाहर आ गए चलो वीडियो को सपोर्ट करना आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टाइम जब सेकंड पार्ट आएगा उसमें तो गाइस थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ते माय वीडियो